हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि सलमान खान की राधे मूवी एक कोरियन फिल्म द आउटलेट का रीमेक है ये फिल्म 2017 में कोरिया में रिलीज हुई थी राधे फिल्म अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है जो ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है इस फिल्म को 250 करोड़ में खरीदा गया है क्या आप सलमान भाई पूरी जिंदगी केवल रीमेक फिल्म ही बनाएंगे आप क्या सोचते हैं राधे मूवी के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताए किसी तरह के और भी मजेदार हक जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद